आज हमारे साथ हैं हैं जो प्रथम प्रयास में में नीट 2021 में सफलता पाई आइए इन कुछ जानते और समझने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने नीट नीट और बोर्ड का का प्रिपरेशन कैसे कर आपने एग्जाम कंप्लीट किया इसके बारे में आप क्या सोचती हो मैं बहुत खुश हूं और मैंने बचपन से लक्ष्य निर्धारित किया था और मैं इसका मैं इसके लिए विद्यादर्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे डॉक्टर बन पाए यही भगवान से हमारी यही कामना है